नमस्ते चलो सीखिए में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे बिहार सरकार के द्वारा दो बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है जिसमें कहा गया है जीविका को डेढ़ सौ करोड़ रुपए मिलेंगे ये जो मास्क का भी वितरण हो रहा है प्रति जो परिवार है उसमें छह मास्क का वितरण किया जा रहा है जिसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपये जीविका को दिए जाएंगे और दूसरी अपडेट जो है कोरोना काल में हो रही मौतों से या सामान्य मौतों से जो जैसे भी हैं मृत्यु प्रमाण पत्र जो जारी होंगे वो ऑनलाइन ही जारी होंगे इससे संबंधित सूचना जो जारी की गई है बिहार सरकार के द्वारा चलिए इस सूचना को हम देखते हैं देख सकते हैं मास्क बनाने वाली जीविका दीदियों को मिलेंगे 150 करोड़ यहाँ सबसे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इससे संबंधित वीडियो आप तक सीधे पहुँचे तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट हम करेंगे जीविका दीदियों को मास्क बनाने के एवज में पंचायती राज विभाग द्वारा 150 करोड़ से अधिक का भुगतान किया जाएगा परिवार सॉरी सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को छेचे मास्क उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है यानी ग्राम से जितने भी संबंधित गाँव हैं यानी गाँव को छेचे मास्क हर परिवार में दिया जाएगा इसमें अधिकतर मास्क जीविका द्वारा ही आपूर्ति की जा रही है यानी जीविका से सरकार ने मास्क खरीदा है उस एवज में पैसा दिया जाएगा इससे गांव स्तर पर रोजगार भी महिलाओं को मिल रहा है सभी पंचायतों का सेनेटाइजेशन होगा यानी पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इसको लेकर सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी किया उन्होंने बताया कि सेनेटाइजेशन का काम राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में किया जा रहा है कोरोना संक्रमण को लेकर निरंतर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं कोरोना की रोकथाम के लिए पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि और पंचायती राज पदाधिकारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं यानी जो मास्क का वितरण है वह आपूर्ति जीविका के द्वारा ही की जा रही है स्टे होम स्टे सेफ यानी आप भी बचाव करें अपने परिवार का खुद बचे और परिवार को भी बचाएँ भीड़ जगहों में जाने से बचें तथा सामूहिक दूरी का पालन करें दूसरी है अपडेट ईमेल मेल व डाक से मृत्यु प्रमाण पत्र भेजे जाएंगे यहाँ देख सकते हैं कोरोना काल में मरने वालों को शहरी निकायों से मृत्यु प्रमाण पत्र हासिल करने में खासी दिक्कतों का सामना पड़ रहा है अभी देख रहे हैं पेंडेमिक सिचुएशन है लोग बाहर से निकल रहे हैं तो संक्रमण का खतरा है इसीलिए जो राज्य सरकार है मृत्यु प्रमाण पत्र को ऑनलाइन तरीके से ही देना चाहती है यहाँ देख सकते हैं दिक्कतों का सामना करना पड़ा है मगर ऐसा नहीं होगा आवेदन करने वालों को संबंधित निकाय दफ्तर नहीं आना होगा प्रमाण पत्र की डिजिटल कॉपी उनके ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी लोगों को डिजिटल कॉपी उनके ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी लोगों को रजिस्टर डाक से भी प्रमाण पत्र मंगाने का विकल्प मिलेगा यानी डाक के माध्यम से भी वो प्रमाण पत्र मंगा सकते हैं और ये देख सकते हैं विषम परिस्थितियों में ही लोगों को प्रमाणपत्र कार्यालय जाना होगा निकाय कार्यालय जाना होगा नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने सभी नगर आयुक्तों व कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे ईमेल और रजिस्टर्ड डाक से आवेदन करने वालों को मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएँ यानी ई मेल और रजिस्टर्ड और डाक के माध्यम से ही आवेदन इसमें उपलब्ध कराए जाएंगे यह आदेश सिर्फ कोरोना से होने वाली मौतों के लिए नहीं है बल्कि मृत्यु के सभी मामलों के लिए व्यवस्था की गई है रजिस्टर डाक का देना होगा शुल्क आदेश में कहा गया है कि सभी की लोग डाक से प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करना चाहेंगे ऐसे लोगों को रजिस्टर डाक का शुल्क लेकर उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी भेजने का विकल्प भी दिया जाएगा वहीं ऐसे निम्न आय के लोग जो होंगे निकाय की घोषणा भी लेंगे कि उनके पास ई मेल नहीं है ऐसे लोगों को डाक से प्रमाण पत्र भेजने का खर्च सरकार राज्य सरकार उठाएगी यानी वार्न करेगी जो डाक से कॉपी प्राप्त ना करना चाहेंगे उन्हें सिर्फ कार्यालय से प्रमाण पत्र दिया जाएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी भी देनी होगी तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो अधिक से अधिक शेयर करें सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब बटन को दबाएँ और बेलाइकन प्रेस करें इससे और भी लोगों को इसे फ़ायदा होगा जो नहीं जानते हों तो इसे अधिक से अधिक शेयर करेंगे धन्यवाद